तुमसे मिले जमाना हुआ खंजर से मेरा याराना हुआ हजूम भी बदले हजूम भी बदले हम जो बदला सबका ठिकाना हुआ खलिश हवाओं के खलिश हवाओं के खाली तालाब का किनारा हुआ खलिश हवाओं के खाली तालाब का किनारा हुआ इतनी सफाई से मेरे कत्ल का कारवा हुआ शहर था पुराना शहर था पुराना तुम्हारा पता नया यारा ना हुआ मुझे दफ्न तुम्हारा एक जमाना हुआ मुझे दफन दफ्तु एक जमाना हुआ और बातें बीती याद नहीं और बातें बीती याद नहीं घर बदला शाम नहीं बातें बीती याद नहीं घर बदला शाम नहीं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जाने के बाद खत्म है मेरे दिए में तेली उसको भी भरे एक हुआ। जो सब सब सब जो जो मेरी मेरी से से निकले निकले मोती मोती हैं हैं हैं हैं कहते हैं। कहते हैं हैं। तुमने समझा तो खाली पानी हुआ मुझे दफ्तु एक जमाना हुआ और मैं और माँ होते सूरज और चांद और बराब होती है बिजली की मेरी मैं और माँ की तस्वीर तुम ये बराक कैसे हुआ मेरी मैं और महा की तस्वीर थे तुम ये बराक कैसे हुआ और बहुत कत्ल? कत्ल अगर से करते तो कम लगता जख्म। कत्ल अगर से करते तो कम लगता जख्म कत्ल तो तुम्हारे लब्जों के बुने धागे के कच्चेपन से हुआ और खुर्शिद होता है सूरज की खुर्शीद डूबा किनारे पर खुर्शिद डूबा किनारे पर मेरा फिर कहा कभी सवेरा हुआ तुम्हारी खुशबू ओढ़े कब्र में मुझे दफन दफ् एक जमाना हुआ मेरे घर, मेरा, घर, मेरा, घर सजाने की है मेरा घर मेरा घर मेरा घर सजाने की ख्वाहिश है तुम्हें की ख्वाहिश है तुम्हें तुम्हें बता दू वहां पर दो के पीछे बड़े जंगले पे झाल जालू को भी साफ हुए एक जमाना हुआ और तुम थे उलझनों में या मैं तुम्हारी उलझन में तुम्हारे जहन में था तुम थे उलझनों में या मैं तुम्हारी उलझन में तुम्हारे जहन में था उमर कैद मिली ऐसी तरह मलबे को निकालने में कर खर्च मेरी जिंदगी का हर लम्बा हुआ मुझे दफन तुम में एक समाना हुआ और एक शायरी जाते जाते सुनना कि ये आज के जमाने के ऊपर है कि घर घर थोड़ी है घर घर थोड़ी है सुई में धागा चला गया ये इश्क थोड़ी है मियाँ ये जख्म है कोई निशान थोड़ी है मियाँ ये जख्म है कोई निशान थोड़ी है और मिलादू दर्द तुम्हारे शराब में मियाँ तुम्हारी लत है आदत थोड़ी है शुक्रिया अगर आपको मेरी शायरी और पोल्ट्रीज पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक शेयर डू और सॉरी डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड की